आदमी को मार दे। काम तमाम हो जाता है ये देखो होशियारी देखो आज तक देखा ही था सुना ही था आज देखो लाइव देखने को कि सांप सांप ने ने लड़ाई ये देखो पकड़ लिया मुंह उसका पूरा मुंह दबा लिया था यार काम नहीं करता वो देखो ऊपर वाला ऊपर वाला ही उसके उसमें डाल ले रहा है अपने मुंह में ए, ये ये देखो ऊपर वाला ही सिरा उसका वो भी पूरा मुंह खोले पड़ा है काट लिया लेकिन हाँ काट लिया उसका ब्लड आ गया है नेवल का नेवले का ब्लड आ गया है लेकिन छोड़ेगा वो भी नहीं बेटा ये देख ये देख ये देख इनकी हालत कर दिया खराब ये पकड़ लिया अभी कायदे से पकड़ लिया एक और आ गया उसका पार्टनर अब काट दिया अब, अब और उनका काम कर दिया।, दिया काम कर दिया, दिया। तमाम यहाँ से, से ले ना नो कहीं जा नहीं सकता है वो भाग जाएगा नहीं भागेगा वो बिल्कुल मस्त है अपने काटा तो बहुत है नहीं पूरा ब्लड आ गया पूरा सांप कब ए ये देख उसका ऊपर वाला देखो दांत ही पकड़ लिए तेरी मा का पूरा दांत ही पकड़ लिया उसका ऊपर वाला जिससे काटता है वो वही ले गया छोटे छोटे कर रहा है नहीं टुकड़े हो जाएगा बाद में तो ले गया